Ask him to come out in the stadium, Sahir sir. झंसे झानक जाला पायल तो हाँ, तब तो केला दिया राजी बेकरां, झंसे चान झानक जाला पायल तो से देखिए तुम्हारा तो के हम हो गए नहीं दीवाना अब हम के दर जानी जानकार प्यार पायल तोहार जिया रही बे खराब छन जाला पायल तुहार तो तरफे लियारा रही देख रे लगा जा हो तोहरा से प्यार छन चान ये जिंदगी मेला दो